नमस्कार मैं प्रियंका राय आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ मैं एक कविता लेके जिसके लेखक हैं सत्य मिश्रा और शीर्षक लिखते हैं दो रोटी थोड़ा कठिन है डगर थोड़ा कठिन है डगर है कड़कते दोपहर का पहर है कड़कते दोपहर का पहर और थोड़ी विपदा की मनमानी भी है मगर कर ना करम मगर कर ना करम छोड़ो सब ये भरम शाम को दो रोटी खानी भी है शाम को दो रोटी खानी भी है पैर काटे तले या काटे पैर के तले पैर काटे तले या काटे पैर के तले मजदूर हैं हम मजदूर हैं हम कांटों पर ही अक्सर चले यूं देख कर चोट को यूं देख कर चोट को छोटी खरोज को रुक जाए तो मजदूरी में हानि भी है रुक जाए तो मजदूरी में हानी भी कर ना करम छोड़ो सभी भरम कर ना करम छोड़ो सभी भरम शाम को दो रोटी खानी भी है शाम को दो रोटी खानी भी है प्रेम कर लो कड़कती धूप से प्रेम कर लो कड़कती धूप से मगर प्रेम न, न करना सुंदर छवि रूप से मगर प्रेम न करना सुंदर छवि रूप से हमें रोटी मिले रहने को कुटीर है हमें रोटी मिले रहने को कुटिंग बस यही हमारी सुखद जीवन की कहानी भी है करना करो छोड़ो सभी भरम शाम को दो रोटी खाने ली करना करो छोड़ो सब शाम को दो रोटी खाने ली बहुत बहुत धन्यवाद आपका